इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए और इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत ही करते रहे इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत ही करते रहे इसलिए सुख भी हो सारे और याद हो इशारा